तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेल रहे हैं फॉर क्राई 3 तो गाइस फाइनली आज हम लोग जाने वाले हैं सटरा के टेंपल में डेनिस डैनिसर गाइस हमारी हेल्प कर रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स को बचाने में गाइस कामयाब हो सकते हैं कि नहीं तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं और वहाँ के गुंडे गाइज हमारे पीछे ही हैं बस लेकिन मैं उनके हाथ जल्दी आने नहीं वाला सिटरा से मिलने गाइज जा रहे हैं हमें अपने फ्रेंड्स को हर सूरत बजाना है उस वहाँ से छुड़वा कर लाना है देखते हैं कि हम ये से कर सकते हैं कि नहीं अभी फाइनली गाय हम लोग निकल चुके हैं सटरा के टेम्पल में तो गाय वो देखो गाई इसके अंदर चलो भाई इसको तो टपका तो दिया गाड़ी से अब सामने खड़ा था पता नहीं क्या कर रहा था चलो अब पीछे उनको छोड़ते हैं अब नेक्स्ट मूव होते हैं सिटरा के टेंपल में पहुँचने वाले हैं हम लोग थोड़ा सा और दूर जाना है वो देखो गाइज आगे जाकर गाइज़ अब मैं अपने देख रहे हो गाइज़ ये येलो कलर का जो है उस पर गाइज़ हमें पहुंचना है हर सूरत वो देखो देखोगाइज सामने भी आ रही है गाड़ी बस हम लोग निकल चुके हैं आगे वो हमारे पीछे लगा लेंगे इतने पागल है ना वो हम इतनी ज़्यादा आगे निकल वो देखो देखोगाइस हमारे पीछे लगा लो अबे भाई यार इसके अंदर ठोकर मेरी गाड़ी में दो निकलने वाला है ये फटने वाली है बस चलो भाई निकल कर भाग जाता हूँ इस जंगल में अब पकड़ने पकड़ नहीं सकते वो मुझे अब किसी तरह भी वो देखोगाइज काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका वो लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुके हैं तो फाइनली गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं सिट्रा के टेम्पल में तो गाइज उसके साथ गाइज़ मिलते हैं अब उससे मुलाकात करते हैं गाइज वो हमें वो ही हमारी हेल्प कर सकती है हमें अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए डेंस रोजर गाइज हमारी हेल्प कर रहे हैं हमें काफ़ी ज़्यादा क्योंकि इस आई पर गाइज़ दो ही बड़े ये हैं लोग हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं वास ने गाइज का नैपकिया इन दो लोगों की गाइज इस जो लैंड है इस पर गाइज दो ही लोग हैं जो ज़्यादा सबसे सब ज़्यादा गाइज पावरफुल हैं इनके इसलिए गाइज़ हमने सिट्रा को ज्वाइन किया है अब देखते हैं ज्वाइन करते हैं आगे जाकर कर मीट सेटरा गाइज डेंस रोजर के पीछे जाते हैं हम लोग ये बंदा काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प कर रहा है इस मामले में चलो ब... इस अभी ये इतनी ज़्यादा मशाल जल रही हैं पता नहीं कितना पुराना गाइज ये कोई किला है शायद इतनी ज़्यादा मशा जल रही हैं इसमें है तो अभी वो देखो उसके आदमी गाइज इतने गाइस बंदे इस जगह पर गाइस खड़े हैं इस वक्त चलो फाइनली अब हम लोग उसमें मिलते हैं वो गाइस वो हमारे सामने आ गई हम अपने हाथ पर से गाइस उसको जो निशान है उसका रखे का गाइस उसका टैटू हमने इसको दिखा दिया अब देखते हैं आगे से वो क्या रिएक्शन करती है हम उससे मिल सकते हैं कि नहीं अब वो हमें क्या पिलाने वाली है अब दारू की बोतल है हमें हमें आइज ये क्या कर रही है ये अभी दारू की बोतल हमें पला रही है इस वक्त अबे ये पीने के क्या मेरे दोस्त वापस आ जाएंगे अबे बताती तो जा चली गए इसके पर इससे पूछते हैं ये देखते हैं आगे क्या कहता है अबे ये भी पीने का ही कह रहा है कहता है दोस्त तुम्हारे इसके तुम्हें पावर देगी अबे कौन सा केमिकल है जो मुझे इतनी ज़्यादा पावर देगा कि मेरे दोस्त खुद बखुद ही के अगर वापस आ जाएंगे चलो भाई पीते हैं इसको देखते हैं कि आगे जाकर होता क्या है हमारे साथ ये तो बहुत ज्यादा तरीफे कर रहा है कि पी लो भाई पी लो तुम्हारे दोस्त इधर ही वापस आ जाएंगे तो कई फाइनली हमें पी चुका अभी यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ ओह शिट अभी ये क्या हो रहा है मेरा क्या सर चक्र आ रहा है शायद मेरा अभी क्या है तो, तो ओ भाई मैं तो कहीं सपने में खो गया अब मैं उधर ही गिर पड़ा और सपने में खो गया अभी यार क्या ये खाब देख रहा हूँ मैं अभी पानी के अंदर गिरने वाला शिट इतनी ज्यादा ड्रोने सपने आ रहे हैं इस वक्त अभी यार ये सारे फ्रेंड्स गाइज एक टेबल पर बैठे हैं अभी ये कैसे मुमकिन हो सकता है एक केमिकल की बोतल गाय जिसने हमें दी और हम लोग नीचे गिर कर सपने में खो गए और अभी यार पानी भी गए हो गए इतनी जल्दी अच्छा गाइज वो बंदा है उस बंदे के बारे में वो गाइस सटरा बताना चाहते हैं कि ये बंदा है जो हमारी हेल्प कर सकता है इसलिए गाइस ऐसा हमें सपना आया कि हम लोग अचानक से आसमान से गाइस नीचे गिरे हैं और पानी में गाइस बैठे हुए थे और ये बंदा आया और अचानक से पानी भी गायब हो गया अभी ये है दरख्त खुद बखुद ही यार ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हम जैसे जैसे, जैसे गाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं और दरख्त खुद बखुदी गाइज बड़े होते जा रहे हैं बस अभी ये इस बंदे के पीछे पीछे जाना है बस अभी वो इतनी दूर गाय अचानक से रोशनी से इतनी दूर गाइस चला गया पता नहीं कौन है वो शायद उसके बारे में वो लोग बताएंगे मुझे ओके अच्छा आगे जाता हूँ अब इसके अंदर से गाइस शायद गुजरना पड़ेगा मुझे देखता हूँ आगे जाता हूँ आगे देखता हूँ इस बंदा जाता किस तरफ है अब इस तरफ रोशनी है रोशनी है शायद शायद वो हमें गायज ये दिखाना चाह रही है कि वो हमारी हेल्प करने वाली है शायद ये दिखाना चाह रही है हमें कि वो हमारी हेल्प करने वाली है गाइस फाइनली हमने गाइज ये ब्रिज भी गाइस क्रॉस कर लिया अब अब देखते हैं कि आगे जाकर हम किस जगह पर पहुंचते हैं इस वक्त अभी मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ सीढ़ियों से देखता हूँ अभी पानी के अंदर ये इतनी ज़्यादा मछली गाइस ये वाला क्या है ये चाकू चाइनीज़ नाइफ है गाइज ये हमने सबसे पहले ढूंढ कर लाना है फिर वो हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है गाइज़ पहले हमें यह नाइफ़ उसको देना है अभी इतनी ज़्यादा गाइज ये क्या हो रहा है मेरे साथ अबे यार ये अब ये यार स्टोन गिर गया मेरे ऊपर और मैं उठ भी गया अबे ये क्या टैटू बना रहा है मेरे बाजू के ऊपर अबे गईज पता नहीं कैसे गई ये, ये केमिकल देख कर खुद ब खुद ही मेरे हाथ के ऊपर गई टैटू बनते रहते हैं अब देखते हैं गई फाइनली गाइज हमने गई इसके साथ गैज बात कर ली है अब वो गैज हमें उस बंदे के बारे में बता रही है कि वो ही हमारी हेल्प कर सकता है इसके वो बास्केट खानों के बारे में हमें बता सकता है सबसे सब पहले हमें गाइस इसका नाइफ जो है चाइनीज़ नाइफ उसको वापस लेकर आना है और उसके बाद गाइस सब पहले उस बंदे को मिलना है वो ही हमारे नाइफ लाने में मदद करेगा गाइस सब कम गाइज वो ही मदद करेगा तो फाइनली गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो गज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय